niko chahu ke vila mujhe jala to aisa sarta apna ye ghar hal pal sab kuch gadbad ho jata hai kaisa drama hai apna ghar is ghar mein jalo o hai phangda shangda shor aaja sang baby samajh le tu bina pee paan ko jab tu taiyar aaja sang baby roz ho ना कुछ नया दी दी का चाहे दिखोया चाहे हो रहा करेंगे बल्ले बल्ले साथ